तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आज के स... तो तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर तो मैं हूं आपका दोस्त शाहिद तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा फ्लिपकार्ट अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है कभी कभी ये वीडियो आज फ्लिपकार्ट के ऊपर रहने वाली है जिनका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है और अकाउंट इनएक्टिव होने की बहुत सी वजह हो सकती है जैसे कि हमने कभी उनसे सामान मंगाया हो और हम लेने ना गए हों इसकी भी कोई वजह हो सकती है जैसे कि हम घर पर ना थे एरिया में नहीं है तो हम उनकी डिलीवरी नहीं ले पाए तो फिर वो इस केस में क्या करते हैं दो तीन चांस ऐसा करने के बाद फिर वो कर देते हैं हमारा अकाउंट इनएक्टिव जिसको हम अपनी ऐप से नहीं खोल सकते तो उसी का सोल्यूशन आज मैं लेकर आयु तो जब आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है फिर आप कॉल करोगे कस्टमर केयर को तो वो आपको बोलेंगे कि कंप्यूटर से कंप्यूटर से लॉग इन करो तो आपका अकाउंट खुलेगा लेकिन यही इसी का मैं सलूशन लेकर आया हूं आपको कंप्यूटर से नहीं आपको फोन से ही अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हो तो इ, इसके लिए हमको कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको कर देते हैं लैपटॉप तो को हम बंद सीधा हमको डरेक्ट मैं डायरेक्ट मैं आपको फ़ोन से करके दिखाऊँगा हाँ तो वीडियो में आगे जाने से पहले फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर देना तो आज एक और चीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपको बस गैस करना है कि ये फोन कौन सा है फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि प्राइस क्या रहेगा जीतने वाले के लिए पैसा ही, पैसा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को हाँ एक बात और मैं आपको ये वीडियो दो बार बताऊँगा एक बार अपने फोन पर बताऊँगा तो एक बार स्क्रीन के ऊपर मैं फोन रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा मतलब कि दो बार बताऊंगा एक बार स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा तो एक बार एक बार फोन को मैं हाथ में पकड़ के बताऊंगा एक बार मैं स्क्रीन पे रिकॉर्ड करके आपको बता दूंगा ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आइए तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना यही बताने आया था हाँ और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें अपने इस कंप्यूटर को कर लेना है बंद तो फोन को उठा लेना है यही तो आपकी प्रॉब्लम का समाधान है फोन से ही तो आप करना चाहते हो तो आपको फ्रेंड्स फ्लिपकार्ट अकाउंट खोल लेना है तो फिर आपको इसमें जाना है ऐसे करके अकाउंट में जाना है जैसे ये खोल जाएगा अकाउंट फिर आपको करना लॉग इन लॉग इन करते ही आपके पास ऐसे आप अपना नंबर डाल ठीक है नंबर डालते ही आपको आएगा एक ओ ये ओ आ चुका है तो हमने कर दिया था वेरीफाई तो वेरीफाई के बाद आया आ रहा है ऐसा अकाउंट इनए तो इसी का आपको मैं बताऊंगा सोल्यूशन ऐसे आता ना आपका भी अकाउंट इनेक्टिव चलिए तो आपको कुछ नहीं करना है बस आपको ऐसे बैग जाना है आपके फोन में जहां पर भी क्रोम ब्राउजर होगा क्रोम ब्राउजर का क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना ठीक है इस तरह से फिर आपको खोलना flipkart आपको बैग जाकर फिर ऐसे खोलना ये flipkart क्रोम में जैसे ही आप क्रोम में खोलोगे फिर आपको सबसे एक मेन सेटिंग करनी है इसमें वो खोल खोलकर इसको ऐसे करना है ये वाला थ्री डॉट्स वाला बटन दबाना है फिर आपको ऐसे डेस्क टॉप साइड से क्लिक कर देना है बस हो गया आपका काम इसके बाद आपको फ्लिपकार्ड खोलना है डेस्क टॉप साइड पे जाने के बाद जैसे ही आप इसको खोलोगे फिर आपको जाना है अकाउंट और फिर आप करोगे लॉग टॉप साइड पर जाने के बाद जैसे लॉग इन करोगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा आपसे पासवर्ड मांगेगा मतलब कि आपको बोलेगा न्यू पासवर्ड सेट करो तो अब आपको मैं, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी दिखा देता हूँ कैसे होगा दोस्तों अब मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके बताता हूँ सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है जैसे ही आपका क्रोम ब्राउज़र खुल जाएगा आपको इधर सर्च करना है फ़्लिपकार्ट लिख कर फ्लिप जैसे ही आप लिखोगे तो फ्लिपकार्ट खुल जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग नो इंटरनेट अच्छा नेट ऑन भरना ही भूल गया देखिए तो जैसे ही आपका ये ऑन हो गया आपको सबसे ऊपर ये थ्री डॉट पर क्लिक करना है डेस्कटॉप साइट ठीक है हमारे एक काम करते ही हाँ अब ये खुद ही बोल रहा हो गया अब हमको बोल रहा है लॉगिन ठीक है हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो बस मेरा ये फ्लिपकार्ट खुल चुका है मोबाइल नंबर मैंने सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से नहीं बताया आपको तो देखिए फ्लिपकार्ट अकाउंट खुल चुका है मैंने कुछ नहीं किया बस क्रोम में फ़्लिपकार्ट को खोला तो डेस्कटॉप साइट को इनेबल किया और फिर फॉर्वर्ड पासवर्ड लिखा तो उनने कहा ओटीपी भेजी न्यू पासवर्ड सेट करो तो अकाउंट अपने आप खुल गया तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो होप दोस्तों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यूज़फुल भी रही होगी आपके लिए तो ऐसे आप अपना फ़्लिपकार्ट अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं बस कुछ नहीं किया मैं शॉर्टकट में भी आपको बता देता हूँ आपको क्रोम ब्राउज़र खोलना है उसमें फ़्लिपकार्ट सर्च करना है उसके बाद डेस्क साइट में खोलना है फ़्लपकार्ट को तो बस फॉर्वर्ड पासवर्ड लिख देना तो आप न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हो उसमें आपको ये नहीं दिखाया गया कि अकाउंट इज़ इन नेगेटिव आपको कंप्यूटर में खोलने की ज़रूरत नहीं है आप फ़ोन में भी खोल सकते हो बस आपको डेस्क साइट में खोलना है तो होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना मुझे हाँ सच में बताना भूल गया जो आपने बोला था फ़ोन गेस करने को बोला था जो आपको तो उसका प्राइस है कि फ़ोन वो मैं आपको गिव अवे कर दूंगा जो बताएगा कि फ़ोन कौन सा है कमेंट्स में तो देखते हैं कौन इस फ़ोन को ले पाता है जिसने सही जवाब बताया ई मेल मैं उसका कमेंट में जिसने सही जवाब बताया उसको मैं कमेंट करूंगा नीचे उसके कमेंट के तो फिर वो मुझे मेल आईडी से डिटेल्स ले सकता है बाकी